दुनिया में रूहो आत्माओं के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं कई लोगों ने तो इसे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है और कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने भूतों को देखा भी है अब भाई रूहो के अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है लोगों का अपना अपना राय होता है लेकिन मान लो कभी देर रात एक सुनसान रोड या किसी ऐसी जगह पर अगर आपके सामने कोई आत्मा आ जाए तो उस टाइम भी आप क्या करेंगे यार देखो आत्माओं या रूहो या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति का कोई शारीरिक रूप नहीं होता ये, लेकिन इनके पास बेमिशाल होती हैं। जरा एक बार के के लिए सोचिए कि जब ये बिना शरीर के इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो अपने होने का आपको अभास करा देती हैं, वो वास्तव में कितनी ज्यादा भयानक होगी अब देखिए आत्मा है रूह है या कोई भी अदृश्य शक्ति है तो इंसानों के दिमाग में उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी होते हैं जैसे कि, जैसे कि कि वो हमेशा एकांत एक दोस्त तो हमारी आंखों का होता है वो तो दुनिया के हर कोने में हर वक्त मौजूद होती है बस हम उन्हें देख नहीं पाते अब आप उनकी उपस्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आपके बगल में बैठकर कर मे वो भी आपके बगल में बैठकर सुन रही हो या फिर देख रहे हो क्या आप लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि ये आते कहां से हैं इनका जन्म कैसे होता है तो बता दूं कि इनका जन्म नहीं होता है बल्कि मनुष्य जीवो जानवरों के मरने से ये उत्पन्न होती है और इनका कोई आकार नहीं होता तो चलिए अब बात करते हैं मेन स्टोरी पे जो सच्ची घटना है जापान के सिंगापुर के ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो कि जापान सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये हॉस्पिटल उनकी कब्रगाह बन जाएगा चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया यह अस्पताल नॉर्थन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास पास जापानियों का कब्जा हो गया था उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए जाते थे इस उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं था इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी हो गया इस समय इस अस्पताल में नर्स चिकित्सक और कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे सैनिक इतने ज्यादा घायल होते थे कि उनका बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई इस अस्पताल में काम करने वाले दो तो नर्सों की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई थी यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था इसमें कई ब्लॉक्स थे साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस उस समय समय एक जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सकते थे ज्यादातर जवानों की वही पर मौत हो जाती थी जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहे भटकने लगी और देखते ही देखते कुछ दिनों में वही महसूस किया जाता है जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में जिसे मरचुरी कहा जाता था वहां रखा जाने लगा रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी थी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था उस वक्त उसने बताया की उसे ऐसा महसूस हुआ की कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया हो और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की भी आवाजें आती थी अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स ने आ, से कुछ गलती हो गई उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साय को भी वहां देखा गया है उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया तो उसने वैसी ही एक महिला का साया देखा था और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज आने लगी जिसके कारण वो वहां से भाग खड़ा हुआ साथ ही चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है इस चौकीदार के बारे में कई लोगो ने दावा किया है की कि उन लोगों ने उसे बात भी की थी कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आया चूंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल विरान था तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम लोगों ने। अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज भी काफी भारी थी जब उसने ये बात कही तो हम डर गए क्यूँकी कई बार हम लोगो ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था इसलिए हम वापस आने लगे जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगो की सेवा करता हूँ लेकिन मुझे बहुत दुख है की यह अस्पताल अब बंद हो गया है लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं दिख, दिखा इतना देखकर हम दोनों वहां से निकल गए और बाइक के पास आ गए हम दोनों काफी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे इसी समय एक भाई की नजर दूसरे के हाथ पर पड़ी जिसका हाथ उस चौकीदार ने पकड़ा था उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले इस अस्पताल में चारों तरफ रोगों का कब्जा है कभी भी आप इन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए है विशेषकर दूसरे माले पर वहाँ से अब तीन लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई थी यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो कभी भी अकेले न जाएं। तो ये थी चंगी अस्पताल की कुछ खास जानकारियाँ वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा